फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माए नाम इस प्रकाश माई चैनल एम प्रकाश स्टोर टू मैं आप लोगों के न्यू न्यू प्रोडक्ट्स से संबंधित लेती आती रहती हूँ आज मैं आपके लिए गरम चपाती के लिए है सर्दियों के हिसाब से मैं आपके लिए चपाती रोल के फ्लैक बेग लेक लेक लेक लेक लेके आई हूँ इसमें गरम खाना रहता है चपाती बहुत गर्म रहेगी और ये सर्दियों में बहुत बेनिफिट देने वाली है और आप गरम चपाती बना के रख सकते हैं और इसमें गरम रहेगी ये छः पीस का आता है सेट पूरा और अच्छी क्वालिटी का है और ये 240 के आसपास का है ये सेट और ये बेनिफिट भी बहुत अच्छा देखा है क्योंकि अपने को सर्दियों में गरम चपाती ही खानी होती है तो उस हिसाब से देखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए गर्म चटपाती किट लेके आई हूँ आप देखिए अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा of the chase in the heart and i set the pace when i'm running i always take but i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thinking for